हेलो दोस्तों नमस्कार आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा जैसा कि मेरे को देखने को मिल रहा है आप स्क्रीन पे याद देखिए यहाँ टू के वीडियो में डाउनलोड किया हूँ लेकिन चल नहीं रहा दोस्तों मैं आज इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेकर आया हूँ आज मैं इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आ, आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है बी मीडिया प्लेयर आप कोई भी ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं मैं क्रोम से डाउनलोड करके मैं बता दे रहा हूँ चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ एलसी मीडिया प्लेयर सर्च कर देंगे आप फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है ऑफिशियल डाउनलोड ऑफ भीएलसी मीडिया प्लेयर, प्लेयर भी पे क्लिक कर देंगे एंड डाउनलोड वीएलसी पे क्लिक करेंगे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर पे हो रहा है डाउनलोड आपको मैं यहाँ आप दिखाई दे दिखा दे रहा हूँ दोस्तों वीएलसी मीडिया प्ले डाउनलोड हो गया यहाँ से आप बैक चले जाएंगे और टी का फोल्डर ओपन कर लेंगे यहाँ आपको डाउनलोड में जाना है यहाँ दिखाई दे रहा होगा वीएलसी इस पर राइट क्लिक करेंगे ओके, क्लिक कर दे दोस्तों यहाँ देख रहे हैं हम लोग, क्लिक कर देंगे, बी एल सी मीडिया प्लेयर डाउनलोड हो गया दोस्तों इसके बाद करना क्या है सबसे पहले के सेटिंग में जाएंगे यहाँ एप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ देख रहे होंगे मेज एंड टीवी पे क्लिक करेंगे यहाँ चूज कर लेंगे मीडिया प्लेयर देखिये दोस्तों यहाँ पे हो गए यहाँ से बैक चले जाएंगे दोस्तों आप देखते वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है फोल्डर में जाएंगे। दोस्तों देखिए बी एल सी कहा गया है इसको ओपन करेंगे प्ले दोस्तों यहाँ देख रहे देखिये वीडियो अच्छा नहीं लगा दोस्तों आप इसी तरह 4K वीडियो रहे 8K वीडियो रहे या आप के वीडियो रहे, रहे आप लैपटॉप में देख सकते इसी तरह दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभ हो जय हिंद वंदे मातरम